क्लास के माध्यम से आप लोग छुट जाइए आज मेरी क्लास डेढ़ से लगी है पर आज की क्लास में केवल सेपरेट क्लास होगी जो आईडी वाले बच्चे हैं केवल यू के लिए ही क्लासेस होगी बाकी अगर एच वाले बच्चे सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों की प्रॉपर क्लास है वो एच आई बच्चों के लिए ही तो आज की क्लास में हम बात करते हैं कि यूनिट पेपर नंबर सिक्स टीचिंग अप्रोचेस एंड एसडीज इसमें जो है आज का यूनिट है थ्री पॉइंट वन पॉइंट थ्री इसमें हमने अब तक क्लासेस ले चुके हैं उसमें मल्टीपलरी प्लेवे मेथड मारिया मांस मैथड प्रोजेक्ट मैथड सब लोग जुड़ गया देखने वालों की संख्या कम हो रही है कितने लोग हैं आप अभी पांच लोग हैं देखने वालों की संख्या एक आ रही है दो अरविंद जुड़ गया है और विदेश का है जीत प्रताप आया हुआ चलो जीत प्रताप वो सीख लो कोई बात नहीं आपकी क्लासेस जो है ऑफलाइन ही चली है ऑनलाइन नहीं चल पाई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आप लोग तो फिर भी जुड़ जाइए कुछ ना कुछ आप सीख मिलेगी इससे तो आज की क्लास में जो है यूनिट 1.3 जो आईडी वाले बच्चे हैं उनके पेज नंबर फोर्टी पे सिलेबस पे है पहले से ही निकाल तो लीजिए और जो खाली बच्चे बैठे हैं उधर चलो उनकी मर्जी है कोई बात नहीं नाटिंग लिखिए आप लोग finding लिखिए फेडिंग फैडिंग का मतलब जब एक विद्यार्थी यूनिट 1.3 इसमें जो है पैडिंग और दिया है सबसे पहले बारे, पैड़ी। पैड़ी क्या होती है पैडिंग के बारे में आपको लिखिए पैडिंग की हिंदी क्या बोला बुढ़ाना मतलब क्या बोलते हैं शिथिल उड़जाना कार से हट जाना इस तरह से जो कोई अगर सहायता होती है तो उसको बोलता है ठीक है लिखिए जब एक विद्यार्थी किसी कौशल के निष्पादन में जब कोई जब एक विद्यार्थी किसी कौशल के निष्पादन में अक्षमता या कठिनाई महसूस करता है तो अक्षमता या कठिनाई महसूस करता है एचआई एचआई वाले वाले बच्चे, स्टूडेंट भी हैं, वो लोग की क्लास से खाली बैठे हैं तो उससे अच्छा है कुछ ना कुछ सुन लेंगे, तो अच्छा रहेगा। लिखिए, अक्षमता या कठिनाई महसूस करता है तो उसे हम प्रॉम्प्ट देते हैं प्रॉम्प्ट का मतलब का मतलब बहुत सारे ऐसे बत होगा मध्य प्रदेश लिख लीजिए मिल जाएगा पूरी मॉडलिंग मॉडलिंग की बात की जा रही है कि अगर आप एम पी किसी बच्चे को प्रॉफ्ट दे रहे हो तो उसका मतलब होता है मॉडलिंग मॉडल करके दिखाना आप कहीं भी किसी भी शो वगैरह में देख होंगे कि मॉडल करके आपको दिखाते हैं या मॉडल्स होते हैं जो अपने अलग अलग एक्टिविटीज या कल्चरल एक्टिविटीज दिखाते रहते हैं ठीक है, है ना तो इसमें शॉर्ट में डी पी और एम hmm. जो कि आप लोग आप लोग यूज़ कर चुके होंगे या कि नहीं देखो चेकलिस्ट आपको 3 से 6 अभी दो चेकलिस्ट और देंगे इंग्लैंड मिलेगा और एक ईसा ईसा के नाम से आएगा तो ऑटोस्टिक बच्चों के लिए सेप्टा भी बच्चों के लिए बनाई जाती है ठीक है तो मतलब आपकी जो ऑटोस्टिक बच्चों है आपने जो तो, चेकलिस्ट आपके तो पास पहले से है जो तो चेकलिस्ट के पास है बेसिक के लिए सॉरी है काम काम काम कर लेगा तीनों तो तो में से किसी एक पे पे पे ठीक है तो अभी और नीशा, नीशा जो काम करता है और जो है है है क्योंकि और और जो जो बच्चों बच्चों करता करता तो ये ये नॉर्मल के स्पेसिफिक साइड उन तो हम आपको प्रोवाइड उसके बाद आप राधे राधे और भी लोग बैठे हुए उनको ही बोलो कि लोग देख लें खाली बैठे हुए हैं कुछ होने ना उनका एक बार क्लास से जुड़ सब लोग उसके बाद में जैसा जिसको समय मिलेगा तो लाइव रहेगा नहीं तो हट दे सकता है कोई जरूरी ऐसी बात नहीं है तो इसमें आप लोग बीमार है फिर इन पे आपको काम भी करना होगा बहुत सारे संस्थान वाले ऐसे भी हैं हैं हैं वो काम कर रहे हैं। प्रक्षी, प्रक्षी, प्रक्षी कर रहे रहे उनके तो ज़्यादा फोकस हमारे बच्चे हमें कोई ही नहीं है तो पता नहीं है तो सारे कि आपको काम करके लाइए पूछिए और एक मैंने बताया था की एक रजिस्टर रख लेना जिसमें भी आईपी का काम करा रहे उसमें आप नोट डाउन करते रहोगे रोज रोज बताया हेलो तो हमने भी बताया कि दोनों हम इंग्लिश जो है पड़ रहा है यहाँ नहीं है हमारे पास नहीं है वो चलिए आप लोग आगे लिखिए इसके बारे में भी हम धीरे धीरे बताते रहेंगे बीच बीच में ताकि आप लोग दूर ना हो ठीक है प्रैक्टिकल वर्क में चलता रहेगा और क्लासेस भी या फिर थ्योरी क्लासेस में चलती रहेगी ठीक है ना तो इसमें जैसा कि सभी को हमने बताया कि जब कैडिंग का मतलब क्या होता है समझ आया मुझे जब कोई बचा दाद है महाराज जी लिखिए जब एक विद्यार्थी किसी कौशल के निष्पादन में अक्षमता या कठिनाई महसूस करता है तो उसे हम प्रोम्ड देते हैं प्रोम कितनी तरह की होती है हमने इससे पहले आपको प्रॉप लिखा चुके हैं उसमें सारी डिटेल्स बता रखा है वैसे चार टोटल होते हैं उसे फिजिकल और मॉडलिंग एस्टल और वर्बर तो ये सारे जो प्रॉप होते हैं ये सब आपको पहले से ही पता है ठीक है ना अब हम बात करते हैं पेडिंग की तो इसमें कहा गया है कि कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को करने में अपने आपको यानि ना करने करने में में ना की इच्छा या फीलिंग ऐसा फील करता है तो आप क्या करते हो हो दे। सहायता देते हो, ठीक है ना अब आगे लिखिए लेकिन जैसे जैसे वह कौशल में जैसे-जैसे वह कौशल के निष्पादन में जैसे-जैसे कौशल के निष्पादन में पूर्ण पूर्ण सफलता सफलता प्राप्त करता है। सफलता प्राप्त करता करता है, है, तब दी गई तब दी दी गई गई प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट वो धीरे धीरे कम कर देते हैं हो गया? धीरे धीरे कम कर देते हैं क्योंकि हम जो प्रॉम्ड देते हैं वह अस्थाई होती है क्योंकि जो प्रॉम्प हम देते हैं वह अस्थाई होती है इस प्रॉम्प्ट को कम करना ही पैडिंग कहलाता है ये आपके एक नंबर में क्वेश्चन आपसे बार बार भी पूछ सकता है या दो नंबर में क्वेश्चन उदाहरण के साथ पूछ सकता है ठीक है और आप लोगों को इसके बारे में प्रॉम्प्टिंग, प्रॉप्ट ये तीनों जो हमारे सहायक कौशल हैं बच्चों को सिखाने के लिए उसमें आपको बार बार क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ठीक है न तो आप एक बार आप लोग कहाँ से सुनिए जो फैडिंग है फैडिंग कहने का मतलब ये है कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं उस दौरान दी गई सहायता जो आप सहायता में तो प्रदान करते हो उसमें जैसे जीपी, पी बी एमपी, एम ये चार एम को जो देते हैं तो उसको धीरे धीरे कम करते हैं कब कम, कम करते हैं जब वो बच्चा सीख जाता है क्योंकि ये आज हाई है, है आप उनको जिंदगी पर संकेत ही देते रहोगे ऐसा तो नहीं है ना ना तो करना है या उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है बच्चों को ठीक है ना मुझे तो सहायक कौशल में हमें ये हेल्प करती है जैसे की बच्चा अगर लिखने में तकलीफ है तो उसकी फाइन अगर आप चेक करोगे पकड़ने में तकलीफ हो रही है तो उसके हिसाब से उसके जो टेलर है वो उससे करोगे या एडोपटेशन करोगे तो ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं तो उसकी उसी के संदर्भ में आप लोगों को एक शब्द हमने लिखवाया है एक पॉइंट लिखवाया पैडिंग यानी कि प्रॉम्प्ट जो होती है इसी का अंग होता है जो हमें पैडिंग में सीखने को मिलता है तो का सीधा सीधा पेश हो गया कि जो सहायता दिए थे उसको धीरे धीरे धीरे करके कम करना कम करना यहाँ शब्द हिंदी लिखा गया बुझाने का मतलब क्या है शिथिल होना या कम करना या उसको इग्नोर करना या उसको धीरे धीरे जो तो सिखाया हो उस सिस्टम को तो कम करना पेडिंग कहलाता है ठीक है अगर आपसे उदाहरण के तौर पर पूछता है तो आप लिख सकते हो कि इसी बच्चे को अगर पेंसिल पकड़ना नहीं आ रहा है हम उसको डिस्कल प्रॉप से अगर हम पेंसिल पकड़ना सिखा दिए तो धीरे धीरे कम करेंगे ये हमारे इसका उदाहरण होता है ठीक तो अगर दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिखना होगा ऐसे ठीक है आप दूसरी हेडिंग लिखिए समझ गए ना फ्रीडिंग का मतलब क्या है हो गया समझ समझ क्या है? ज़्यादा मतलब बात इसको आया? आया? नहीं बोलो और दूसरा है दूसरा है सैपिंग ऐसे ऐसे पी आई एन जी सैफी मतलब करना तैयार करना तक व्यवहार सीख ना जाए आगे बोले प्रत्येक चरण प्रत्येक प्रत्येक चरण, प्रतेख चरण क्रमिक रूप से पुनर्बलन, पुनर्बलन किया जाए जब तक वह स्थापित ना हो जाए जब तक वह स्थापित ना हो जाए यानी कि जब आप कोई एक्टिविटी बच्चे को सिखाओगे तो इसका जो मीनिंग होगा कि सीधा सीधा जब तक बच्चा उस चीज को सीख ना जाए तब तक आपको उस पर काम करना होगा ठीक है या पुनर्वलन का मतलब है उसे लालच देंगे या कैसे भी आपको काम करवाना होगा ठीक है ना क्या लिखा स्थापित ना हो जाए आगे लिखिए फिर बलन फिर माप माप दूसरे चरण के लिए तथा तथा नहीं है दूसरे चरण के लिए तय मतलब तो कि मतलब क्या बोलते हैं समय निर्धारित करना तय करना हाँ। किया जाएगा हो गया आगे लिखिए सैपिंग विधि कई प्रकार के व्यवहारों को सैपिंग विधि कई प्रकार के व्यवहारों को स्थापित करने के लिए त्यौहारों तक हो सकती है के संबंधित व्यवहार पढ़ने के संबंध लगता है, लेकिन इसका प्रभावशाली इसका प्रभाव प्रयोग करने के लिए इसका प्रभावशाली प्रयोग करने के लिए शिक्षक को कुल होना चाहिए कुशल होना चाहिए यानी कि जो सेपिंग होती है उससे पहले उस मतलब सैपिंग को यूज़ करने से पहले जो टीचर उसको पढ़ाएगा तो मतलब टैलेंट बंदा होना चाहिए ठीक है आगे देखिए पहली बार शिक्षक में पहली बार शिक्षक में लक्षित व्यवहार को सही वर्णित करने सही वर्णित करने का कौशल होना चाहिए वर्णित का मतलब वर्णन करना एक्सप्लेन करना ठीक है हो गया आगे लिखिए कार्य योजना कार्य योजना चरण पर्द से नहीं पढ़ लेंगे क्योंकि हमें पता है ना पैसे कितने महीने से कमाए जा रहे हैं तो सर तो घर जा रहा है सर हम छोड़ के जा रहा है दे। दे। दे। तो थोड़ा थोड़ा सा सा, ये जाना नहीं है, एक है, यहां तक हो है एक चुका फिर आप चले जाओ बोल तो किसी सुनो बस स्टैंड पे आ गई है उससे बोलो ना चले गए तो नहीं बनानी होगी वो ना तो बहुत सारा बड़ा हो और ना ही बहुत सरल हो इसका भी ध्यान रखना होगा और ना ही बड़े ना तो सबसे ज्यादा बड़ा हो ना सबसे ज्यादा छोटा हो क्या आगे लिखिए अंततः शिक्षक को यह अवश्य निर्धारित करना चाहिए शिक्षक को यह अवश्य निर्धारित करना चाहिए कि प्रत्येक चरण प्रत्येक चरण में कितनी समय अवधि के लिए रहना चाहिए प्रत्येक चरण में कितने समय अवधि के लिए रहना चाहिए व्यवहार को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए समय अवधि समय का ध्यान पालन करना चाहिए नंबर पहला नंबर लिखिए। अस्पष्ट व्यवहार का चुनाव करें अस्पष्ट व्यवहार का चुनाव करें तथा व्यवहारिक शब्द में लिखें दूसरा प्राकृतिक वातावरण में लक्षित व्यवहार प्राकृतिक वातावरण में लक्षित व्यवहार कितनी बार घटित होता है उस पर स्तर संबंधित एकत्रित करें बच्चे बैठे तो आ जा रही हो? क्लास हो तो रहे थे क्लास जाए। कि सभी एक साथ बैठकर कम तो कम से पढ़ा शिवानी आ तुम लोगों अभी वो लिखा लेना चली है मतलब अभी चली है पहले ऐसा लग रहा हो प्रधानमंत्री हो रही है अभी सुमित से हमारी बात हुई है वो तो कह रहा था अभी दोनों बोला था कॉमन तो क्लास लेने तो तो लेक तो तो तो तो है मर्जी तो आपको तो चाहिए कोई दिक्कत ना है ने? दूसरे पॉइंट में लिखिए प्राकृतिक वातावरण में लंबित व्यवहार लक्षित, लक्षित होता है उस पर वर्तमान स्तर संबंधित क्या हुआ एक मिनट उस पर वर्तमान स्तर संबंधित आंकड़े एकत्रित करना खिए तीसरा पॉइंट बोलूं देखिए उचित पुनर्बलों का प्रयोग करें उचित पुनर्बल्कों का प्रयोग करें हो गया आगे नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर फोर क्रमिक समीपवर्ती व्यवहार को क्रमिक समीपवर्ती व्यवहार को क्रमिक समीपवर्ती व्यवहार को पुनर्वलित करें हो गया आगे लिखिए प्रत्येक बार घटित होने पर लक्षित व्यवहार को प्रत्येक बार नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर फाइव बार घटित होने पर लक्षित व्यवहार को बलित करें नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट उचित समय पर लक्षित व्यवहार को लक्षित व्यवहार को इंग्लिश में शेड्यूल शेड्यूल और हिंदी में क्या शेड्यूल को टाइम टेबल क्या होती है, होती है? पर पुनर्बलित करें अब आप, आप लोग समझिए जो छह पॉइंट्स लिखे हैं उसमें एक एक करके समझिए आप लोग सबसे पहला पॉइंट लिखाया गया है पढ़ो ना तो तो में। ये जो आपकी कोई भी बिहेवियर होगी वो ऐसा हो कि क्लियर हो ये नहीं हो हो हो सेंटेंस वाली बात ना जो जो भी हो, क्लियर हो। हो, सिदा -सिदा। और जो भी क्लियर सीधा सीधा और यूज़ करें उसमें वो भी क्लियर होना चाहिए ठीक है ना यानी कि बच्चे को आप कहते हो ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो अपने मन मन में नहीं बोलना वो पस हो। बच्चा उसको समझेगी सर मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं टीचर मुझे कुछ कहना चाह रहे तो इस तरह से जो भी आप व्यवहार करोगे बच्चों के साथ वो स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए दूसरा क्या है हाँ, जो बच्चा कोई एक्टिविटीज कर रहा है आपने कोई उसको एक्टिविटीज दिया हुआ कि आपको बेटा आपको ये काम आपको इतने समय में कम्प्लीट करना है तो ये नहीं की आपने उसको एक दिया वो वो कब कर रहा है कितनी बार किया उसकी भी आपके पास क्या क्या पास होना चाहिए डेटा तो कि काम ट्रेन दे देता हूँ तो किसी को गिफ्ट कर दिया तो कुछ नहीं करेगा ना उसको ऐसी यूज़ कर सकते हैं जैसे छोटे बच्चों को ज्यादा क्या पसंद तो आप देते हैं जो खाने के आइटम यानी जो रेनफोर्समेंट होती है उसमें टू टाइप्स है अलग अलग फोर टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट होती है पूरा आइटम दूसरा है तो तो सेकेंड जो रेनफोर्समेंट है उसको आप देने की कोशिश करें ठीक है न वो को फायदा हो ये नहीं नहीं कि कि कि आपने साल साल पीछे की सामान सामान दे दे दिया दिया आगे का उसमें तो तो नहीं करेगा तो करेगा करेगा कि ना मिले तो ज़्यादा अच्छा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट यानी जब जैसे बच्चा कुछ काम को कर रहा है आपने बोला की बेटा फटाफट एक करके मुझे दिखाओ तुरंत आपने आपने दिखाया उसको क्या करना करना होगा होगा मोटिवेट बहुत अच्छा काम किया ठीक है इस तरह से उसको तुरत भी तुरत उसको तुरंत तुरंत फीडबैक जैसे होगा की उसको सभी बच्चों को ध्यान में रखना होगा प्रत्येक तो उस सिस्टम तो के बाद उसको करना आप दस दिन में या पाँच दिन में दो दिन में अगर आप ये काम को कर लोगे तो उसके बदले आपको ये चीज मिलेगा तो क्लियर होना चाहिए ठीक है ना और मतलब उसके बाद आपको या एनफोर्समेंट यानर्न करना ही होगा उसमें जो की बात कि पंची को काम कराने के लिए हर तरह से आपको एक्टिव होना पड़ेगा और है पॉइंट ध्यान हो रखना होगा ठीक है ना अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं चैनिंग नेक्स्ट पॉइंट है मतलब हाँ हो गया? आप लोगों ने। अब लिखिए श्रृंखला से तात्पर्य श्रृंखला से तात्पर्य श्रृंखला का मतलब होता है इसके बाद भी एक्टिविटी को सिखाने के लिए क्या होगा कि कि जो आप तो करो बच्चे को आश पढ़ना सिखा रहे हो तो सबसे पहले बच्चे को सिखाओगे कि पिक्चर दिखाओगे क्योंकि तो कोई भी चीज़ जब वो फिगर देखी जाती है जल्दी आसानी से सीखा जा सकता है कम्पेयर तो टू नाम सीधा सीधा नाम से समझ नहीं आएगा लेकिन अगर आप शायद उनको कार्ड दिखाओगे तो वो उस चीज़ होंगे तो रखी होगी उससे वो जल्दी से सीख सकते हैं ठीक है ना इसलिए किसी भी चीज़ का फीगर दिखाने में क्लियरिटी रहेगी कि जो आप समझाना चाह रहे हैं वो ये है ठीक है न देखिए श्रृंखला से तात्पर्यार्थ यथार्थ प्रक्रिया से, से है जिसके द्वारा जिसके द्वारा व्यवहारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए व्यवहारिक श्रृंखला बनाई जाती है एक दूसरे से जोड़ते हुए व्यवहारिक श्रृंखला बनाई जाती है यही है। नीचे नीचे लिखिए। लिखिए। बोलो। के के क्रम का, के क्रम का पहचान षण के द्वारा की जाती है पहचान एनालिस। के द्वारा की जाती है यह दो प्रकार के होते हैं नंबर एक है। बैकवर्ड श्रेणी बैकवर्ड, नंबर फॉरवर्ड फॉरवर्ड का मतलब एक आगे से पीछे और फॉरवर्ड चैनल पीछे से आगे. पहला है बैकवर्ड दूसरा है फॉरवर्ड तो पहला हेडिंग लिखिए बैकवर्ड चेयरिंग यानी कि जो हमारे हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि जो भी कोई एक्टिविटीज हम सिखाते हैं बच्चों को तो एक चेयरिंग तो तो तो तो तो क्या लिखा चेंज हो गया इस पारश श्रृंखला उसकी हिंदी होती है ना न करण किया जाता है तब जब पाठ श्रृंखलाकरण किया जाता है तब के भागों को उल्टे क्रम में अर्जित किया जाता है उल्टे क्रम में किया जाता है। हो गया? है? आगे लिखिए अंतिम चरण को अंत में सिखाया जाता है अंतिम चरण को अंत में सिखाया जाता है तथा अन्य चरणों को एक के बाद एक जोड़ दिया जाता है हो गया? एक के बाद एक जोड़ दिया जाता है उदाहरण लिखिए उदाहरण लिखो पटावा के के बटन बटन बंद बंद करना करना आपकी एक्टिविटीज़ उदाहरण में लिखिए शर्ट के बटन बंद करना ब्रेकट में लिखिए इसमें अंतिम चरण बटन बंद करना है ब्रेकट बंद बटन खोलने से करें जब, जब अग्रवृत्त श्रृंखलाकरण प्रयुक्त तो होता है तब तब शिक्षा श्रृंखला के श्रृंखला श्रिंख, में च, पहले चरण से प्रारंभ करता है इस मापदंड के अनुसार इस मापदंड के अनुसार प्रशिक्षित करता है तथा फिर आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है हो गया बार आवश्यकता पड़ पड़ सकती है या प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में अलग से माप मापदंडों के अनुसार अलग तरह से माप मापदंडों के अनुसार सिद्धित कर सकते हैं सिद्धित कर सकते हैं या फिर से क्रिया एक दूसरे में संपर्क बनाए जा सकते हैं सीरियल नंबर के हिसाब से, ठीक है ना? अब उदाहरण लिखिए आपने पहले में क्या लिखा था के बटन खोलना। इसका उदाहरण लिखा था, था। ये हमारा बैकवर्ड इसमें उन्होंने कहा मतलब पहले से बटन बंद करना सिखाओगे तो बंद करना तो लास्ट स्टेप हुआ ना तो आप शुरू कहाँ से कर रहे हैं बोलने से तो बैकवर्ड ट्रेनिंग का का मतलब ये हुआ कि पीछे का पहले अगर आप बच्चे को शर्ट उतारना सिखा रहे हो तो उसमें क्या, क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करनी होगी उसके तो बारे में आप लोग लिखिए शर्ट उतारना हो गया इस कौशल को सिखाने में अग्रकृत श्रृंखला प्रयोग करने के लिए करने के लिए शिक्षा विद्यार्थी के कपड़े पहनने हो, होने कपड़े का आरंभ करेगा कपड़े पहनने होने का आरंभ करेगा यानी कि शुरुआत में वो शर्ट पहनने की बात शुरू करेगा ठीक है वहां से शुरुआत करना होगा आरंभ करने का करेगा शिक्षक निर्देश देगा हो गया? नीचे से लिखिए, सपोज करो किसी किसी किसी बच्चे का का का नाम नाम हमने लिख लिख भी, भी हैं? लो अपने हिसाब अपनी कमीज, उतार, उतारो, जैसे टीचर्स ने उसे ऑर्डर किया कि बेटा आप शर्ट पहनना सीख रहे हो तो आप सबसे पहले अपने कमीज उतारो तथा फिर कमीज लिखो जैसे नाम हम आपको कंफ्यूज ना हो तो रघु नाम है या किसी का नाम लिख लो रघु जैसे टीचर ऑर्डर कर रहा है कि रघु अपनी कमीज उतारो लिख लिया तथा फिर कमीज उतारने के लिए बटन खोलने कमीज उतारने के लिए बटन खोलने, बटन खोलने में जो भी उचित सहायता की आवश्यकता हो जो भी उचित सहायता की आवश्यकता हो शिक्षक द्वारा रघु को दी जाएगी आगे नीचे वाले आंसर लिखिए जब रघु विश्वासनीय रूप से इस व्यवहार को निष्पादित कर लेगा जब तक विश्वसनीय रूप से इस व्यवहार को निष्पादित कर लेगा फिर शिक्षक उसे अगले चरण से जोड़ेगा हो गया। जोड़ेगा हो गया गया जोड़ेगा आगे लिखिए इस प्रकार रघु धीरे धीरे अलग अलग चरणों से गुजरने के बाद अलग अलग चरणों से गुजरने के बाद कमीज उतारना सीख जाएगा। बात हमने बता दिया फॉरवर्ड ट्रेनिंग की बात करते हैं इसमें बच्चे को सिखाना है कि को कैसे है। लिए लिए रहे हो कि सबसे पहले बच्चे को के तो या फिर, फिर दूसरी बाजू की एक एक बाजु की ओपन करनी होगी और फ्रंट के जो बटन, हो के जो बटन फिर होते हाथ से शर्ट को पकड़ेंगे दूसरे हाथ से उसको निकालने की कोशिश करेंगे इस तरह से आप उनको सिखाओगे क्योंकि तो जो मानसिक मंदित बच्चे होते हैं या कोई भी बच्चा हो छोटा बच्चा हो आप उसको कपड़े पहनना और कपड़े उतारना सिखा रहे हो तो आप किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो उसको ठीक है ना तो आप लोगों ने अभी आज आज की क्लास में हमने तीन जो टॉपिक थे कवर किया पहला सेफिंग दूसरा पहले थ्रेडिंग था नडिंग भैडिंग, भैडिंग, और टॉपिक टॉपिक हमने कवर किया तो ये तीनों हमारे यूज किस होना किसी भी एक्टिविटीज को सिखाने के लिए हमें क्या आना चाहिए और बच्चे को किस तरह से सिखाना होगा ठीक है ना अब आप लोग अच्छे से जो अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा उसके जवाब आप दे सकते हैं नहीं चलो ठीक है आज की क्लास ओवर हो रही है लास्ट में मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जो यूनिट वन है पेपर नंबर सिक्स में यूनिट फर्स्ट में यूनिट 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट हो तो चुकी है अब कल की क्लास में मैं कोशिश करूँगा यूनिट 1.4, यूनिट 1.5 ये इसकी क्लासेस आपकी कंटिन्यू होगी चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सबको राधे राधे